कभी तो पास में रह कभी तो मुझ कभी तो दिल से दिल को मिलाओ ओ जाना मेरी जान बल्कि न झुकाना मेरी जान मुझसे दूर न जाना मेरी जान मुझको